मैं हर महीने तीन लाख रुपये कमा रहा हूं मैं मनी मैग्नेट हूँ मैं अमीर हूँ मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूं इसके लिए मैं आनंदित हूँ और आभारी हूं मुझे पैसा कमाना बहुत पसंद है हर दिन हर तरह से मैं अमीर अमीर और अमीर होता जा रहा हूं मैंने खुद से बढ़ने का और समृद्ध होने का वादा किया है मैं हर महीने तीन लाख रुपये कमा रहा हूँ मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ इसके लिए मैं आनंदित हूँ और आभारी हूँ हर दिन मैं अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए नए अवसरों को आकर्षित कर रहा हूं मैंने अपने पैसे के लिए सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को मुक्त कर दिया है मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ इसके लिए मैं आनंदित हूँ और आभारी हूँ मैं अरब बन रहा हूँ इसके लिए मैं आनंदित हूँ और आभारी मैं हर महीने तीन लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ इसके लिए मैं आनंदित हूँ और आभारी हूँ ब्रह्मांड मुझे अरबपति बना रहा है मेरे पास एक बड़ा भाग्य बनाने की शक्ति है मेरे पास अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है हर दिन हर तरह से मैं अमीर अमीर और अमीर होता जा रहा हूं मैं हर महीने तीन लाख रुपए कमा रहा हूं मैं अपने जीवन में बहुत आयत और समृद्धि का स्वागत करता हूं मैं अमीर स्वस्थ और अमीर हूं। मैं धनवान हूं। मैं हर महीने तीन लाख रुपये कमा रहा हूं। लगातार बढ़ती हुई मात्रा में पैसा मेरे पास आ रहा है मेरी आमदनी मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है मैं सोते हुए भी पैसा कमा रहा हूं। मैं हर महीने तीन लाख रुपये कमा रहा हूं। मैं अरबपति बन रहा हूँ इसके लिए मैं आनंदित हूँ और आभारी हूँ ब्रह्मांड मुझे अरबपति बना रहा है मैं जितना अधिक पैसे के बारे में सोचता हूँ उतना ही मैं अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं मैं हर महीने तीन लाख रुपए कमा रहा हूं मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ इसके लिए मैं आनंदित हूँ और आभारी हूँ ब्रह्मांड मुझे अरबपति बना रहा है पैसा मेरे पास चमत्कारी तरीके से आ रहा है मैं हर दिन और अधिक समृद्ध होता जा रहा हूं मेरे जीवन में हमेशा पर्याप्त से अधिक धन होता है मैं अपने धन को बुद्धिमानी से संभालता हूं मैं हर महीने तीन लाख रुपये कमा रहा हूं इसके लिए मैं आनंदित हूँ और आभारी हूँ मैं हर महीने तीन लाख रुपये कमा रहा हूं मैं मनी मैग्नेट हूं मैं अमीर हूँ मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूं इसके लिए मैं आनंदित हूँ और आभारी हूँ मुझे पैसा कमाना बहुत पसंद है हर दिन हर तरह से मैं अमीर अमीर और अमीर होता जा रहा हूं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 अमीर और अमीर होता जा रहा हूँ मैं हर महीने तीन लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं अपने जीवन में बहुत आयत और समृद्धि का स्वागत करता हूँ मैं अमीर स्वस्थ और अमीर हूँ मैं धनवान हूँ मैं हर महीने तीन लाख रुपए कमा रहा हूँ लगातार बढ़ती हुई मात्रा में पैसा मेरे पास आ रहा है मेरी आमदनी मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है मैं सोते हुए भी पैसा कमा रहा हूँ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 मैं अपने धन को बुद्धिमानी से संभालता हूं लाख रुपए मैं अमीर हूँ मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ इसके लिए मैं आनंदित हूँ और आभारी हूँ आभा मुझे पैसा कमाना बहुत पसंद है हर दिन हर तरह से मैं अमीर